नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने चैनल आमेठा एजुकेशन पर आज बहुत दिनों बाद आमेठा एजुकेशन पर वीडियो बनाने का समय मिला है कुछ पारिवारिक व्यस्तता के कारण आप सभी के बीच मैं ये वीडियो लेकर नहीं आ पाया इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आज हम बात करने वाले हैं आर के के ऐप से जो हमें परीक्षा आंकलन करना है और अपलोड करना है उसका जो नवीनतम कार्यक्रम आज जो जारी हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे किन तारीख पर हमें ये करना है क्या उसका शेड्यूल है किस विषय की परीक्षा कब आयोजित होगी क्या समय होगा ये सभी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आइए बगैर समय गवाए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं क्या नया कार्यक्रम है कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएँ राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम परीक्षा कार्यक्रम का प्रथम आकलन है इसका कार्यक्रम जारी किया गया है कक्षा तीन से पाँच तक का परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है तीन नवंबर गुरुवार को प्रातः साढ़े दस से साढ़े ग्यारह बजे के बीच में हिंदी की परीक्षा आकलन हमें लेना है चार नवंबर शुक्रवार प्रातः साढ़े दस से साढ़े ग्यारह के बीच में अंग्रेजी का आंकलन लेना है और पाँच नवंबर शनिवार को साढ़े दस से साढ़े ग्यारह के बीच में गणित का आंकलन हमें लेना है इसी प्रकार कक्षा छः से आठ के लिए तीन नवंबर को गणित समय वही साढ़े दस से साढ़े ग्यारह चार नवम्बर को साढ़े से साढ़े हिंदी विषय का आकलन लेना है और पाँच नवंबर को प्रातः साढ़े दस से साढ़े ग्यारह अंग्रेजी का आकलन लेना है नोट में क्या विशेष दिया है परीक्षार्थी एवं शिक्षक परीक्षा के दिनांक समय का पूरा ध्यान रखें कक्षा तीन के से पाँच के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम तथा रोल नंबर अंकित करेंगे तथा प्रश्न पत्र में सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार सही का निशान बनाएंगे पूरा राइट का निशान होना चाहिए अन्यथा उसको स्कैन नहीं करेगा कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध करवाई गई ओसीआर शीट का पर निर्धारित स्थान पर स्वयं का नाम कक्षा रोल नंबर, विषय अंकित करेंगे इस शीट में सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार सही का निशान बनाएंगे परीक्षार्थी प्रश्न पत्र अथवा ओसीआर शीट को मोड़े नहीं इसे शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा अतएव सीधा रखा जाना आरकेएसएमबीके के अंतर्गत यह प्रथम आकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है परीक्षा दिवस को एक घंटे के आकलन के पश्चात विद्यालय संचालन निर्धारित समय तक यथावत रहेगा परीक्षा लेने के बाद भी स्कूल का कार्यक्रम स्कूल समयानुसार चलता रहेगा इस प्रकार परीक्षा का ये कार्यक्रम जारी किया गया है और भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें और कमेंट करें धन्यवाद